गैश कैसे हो आप वेलकम बैक टू अडियो सो so, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे सब्सक्राइबर बेलैकन को ग्रीन स्क्रीन होता है ना उसको कैसे हम ये नॉर्मल स्क्रीन करें मतलब ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करें सो गाय यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब ब्लैक जैसे ये बहुत सारे होते हैं ये ऐसे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं तो सबके पास इन हो गई नहीं होगा तो सिंपली आपको प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना है ओके गाइज आयोस में भी ऐसे ही सर्च करना है और एंड्राइड में भी ऐसे ही सर्च करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शॉर्ट हमारा तो इसको सिंपली डाउनलोड करना है फिर आगे मैं बताता हूँ ओके गाइस डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन करना है मेरा डाउनलोड हो रखा है आपको आलो आलो मांगे तो कर देना उसके बाद वीडियो में जाना है वीडियो में जाने के बाद नेक्स्ट पे जो भी आपका गैम प्ले है जिस पे भी आप ये ग्रीन स्क्रीन लगाना चाहते हैं उसको सिंपली क्लिक कर देना है जैसे कि मैंने कर दिया ये वीडियो पे मैंने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है वो सब्सक्राइब बेलैकन कोल पर रखना है तो यहाँ पे आप ये आइकन देख सकते हैं वहाँ पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद नीचे जाना है ये सब्सक्राइब वाला है ना उसको क्लिक करना है जो आपकी वीडियो है, स्क्रीन है, कोई भी तो उसके बाद यहाँ पे आप साइड पे करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे करने के बाद ऐसे करेंगे तो आप देख ही सकते हैं क्या हो गया यहाँ पे आप फुल भी कर सकते हैं जैसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे ज़रा सा मुझे पसंद नहीं आया ये तो इसके लिए मैंने ज़रा सा पीछे भी कर दिया आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे वहाँ पर आप कर सकते हैं ये हो गया सब्सक्राइब और बेल आइकन उसके बाद हम लाइक पे चलते हैं लाइक पर भी यही प्रोसेस करना है तो ये हो गया अभी सिंपली हम डन करते हैं इसको डन नहीं करते क्योंकि ये लाइक भी हम हमारे को चाहिए तो ये लाइक वाली वीडियो भी आ गई उसको भी सिम्पली यही करना है और आपकी वीडियो तैयार ओके okay गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना है लाइक और जो भी यूट्यूब चैनल पे मेरे को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को ऑल पे रखो और जो भी इंस्टाग्राम पे नहीं है जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम डाउनलोड करो और मुझे फॉलो करो न्यू न्यू आई डी बनाइए तो लेटेस्ट न्यू अपडेट इस मैं आपको देते रहूँगा मैं मैं मिलूँगा एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि <coughs>